हेलो अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है स्मार्टफोन मार्केट में कब तक और किस एक्सप्रेस और फ्यूचर के साथ लॉन्च होगा सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा ये वीडियो कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्शन आरोप है पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले विवो के स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको सिक्स पॉइंट सिक्स इंच की आई पी पैनल देखने 90 ऑर्डर्स रिफ्रेश रेट के साथ आएगी स्मार्टफोन के की की बात करें तो इस स्मार्टफोन के बैक पैनल पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको प्राइमरी एट मेगा जिसकी हल्दर क्वालिटीज में फोटोज एंड टेन एटी तक वीडियोज बसानी ऐसी कैप्चर कर सकेंगे फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइट आरोप आपको थर्टी मेगा का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा जिसकी से आप बेटर क्वालिटीज में वीडियो एंड सेल्फीज कप्चर कर पाएंगे विवो के स्मार्टफोन में यूज किया गया कॉल कम स्नैप की चिपसेट जो कि अच्छी क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करती है और साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्राइड 12 ट्वेल्व होगा स्टोरेज की अगर बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 8 एंड 12 जीबी रैम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी विवो के स्मार्टफोन की पावर बैकअप की बात करें तो इसमें आपको फाइव थाउजेंड की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो की आने वाली है फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट के साथ साथ ही आपको ये टाइप सी की स्पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी इस फोन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का यूज किया गया है जो कि काफी क्विक होने वाला है साथ ही में आपको थ्री फेस अनलॉक जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे जिनका यूज करके आप अपने फोन के डेटा को फुली सिक्योर कर पाएंगे स्मार्टफोन के की, की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm का डस्ट हो प्रूफ, प्रूफ होने वाला है स्मार्टफोन की लॉन्चिंग और प्राइस के बारे में तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स बीस से पच्चीस हजार के अराउंड में हो सकती है और ये स्मार्टफोन आपको ट्वेंटी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगा ये वीडियो यहीं पर एंड होती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।